हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें हर मोर तम मतज कदरस करा दो तम मतज कदरस करा दो जाव यात्रा दो जाव यात्रा दो तम मतज कदरस करा दो जावै यात्र राम न न जा यात्रा दो वाल जी बर तार मंदिर में नाचूंगी बालम जी बर जी तो